दोस्तों चाइना का कुछ कुछ असर इंडिया पे हो रहा है चाइना आई 14 का डुप्लीकेट किया अब इंडिया आई 14 का डुप्लीकेट कर रहा है लावा अपना लावा योवा 2 प्रो लॉन्च कर रहे हैं जो सेम टू सेम देखने में होगा आई 14 के जैसा आपको किसी को दिखाना है आई 14 का लोगो या आई 14 का जैसा कैमरा डिज़ाइन तो आप ये फ़ोन बाई कर सकते हैं बजट में प्राइस होगा तो आप बाय कर सकते हैं तो भाई देखो और क्या होता है क्या एक्सपीरियसन आता है और एक काम बिल्कुल फ्री है लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर सब्सक्राइब कर दो मुझे भी अच्छा लगेगा एंड तुम्हें भी अच्छा लगेगा